सिक्योरिटी इदारों की तहकीकत का नतीजा ये निकला की कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है hmm. नहीं तो क्यों वो इंटरफियर कर रहे थे और क्यों उस वक्त बयान बयान देना पड़ा कि इंटरफियर कर रहे हैं। hmm. मगर साजिश नहीं है खुदा जाने ये किस किस्म के अल्फाज स्प्लिटिंग है ये सब छोड़े hmm. ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन है hmm. मेरे ख्याल में गलत है it is wrong it is morally wrong dilali sahab ki baat pe mujhe to badi hansi aa rahi thi ki itni aapki best of the best agencies hain aur aap khud allah rehmat kare aap un sab ko ek dam se biased banane ja rahe hain puri duniya to hamari agencies ko mantii hai ki ji aapki agency duniya ki one of the best hai ye kon hai ye kya hai nahi ye do log kon hai hindustan puri koshish karega ispe सारी कंडीशन ने मरासले की तहकीकत की दौरान तहकीकत गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले सिक्योरिटी इदारों की तहकीक़ का नतीजा ये निकला की कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है हिली साहब आपका क्या इस पर नेरेटिव है आज का जो इजलास है वो अगर फिर से ये कह रहा है की साजिश नहीं हुई है तो क्या ये बात काबिल कबूल होनी चाहिए सबके लिए कि जब आपकी सिक्योरिटी कमेटी ये बात कह रही है जिसमें आपके मुल्क के बड़े लोग मौजूद हैं तो फिर आपको क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए देखिए मैं ये पूछना चाहता हूं ये क्या हमारे हलक के अंदर डाल रहे हैं ये जो हमारे लोग हैं मैं पूछना चाहता हूँ इंटरफियरेंस तो मान गए इंटरफियरेंस और कंस्पेरेसी के क्या फ़र्क है क्या इंटरफियर क्यों खो रहा था किस लिए हुँ. क्या शायद ये इंटरफियर नहीं हो रहा था कि हमारे आ, हम और हम वो अमेरिका एक पेज पे थे दोनों चाहते थे कि ये गवर्नमेंट ना हो दोनों के साथ इनका मिलाप ठीक नहीं चल रहा था क्या ये नहीं हो सकता नहीं तो क्यों वो इंटरफियर कर रहे थे और क्यों उस वक्त बयान दिया देना पड़ा कि इंटरफियर कर रहे हैं मगर साजिश नहीं है खुदा जाने ये किस किस्म के अल्फाज वॉट या स्प्लिटिंग हैज़ ये सब छोड़ें ये एक रेजिम चेंज ऑपरेशन है और एज इट हैपन्स ये टोटली मैन मेड रेजिम चेंज ऑपरेशन जिधर दो साइड्स हैं दोनों एक पेज पे हैं इससे बेहतर क्या हो सकता और सबूत इस पर ज्यादा क्या हो सकता कि 200 मिलियन डॉलर अमेरिका ने ऐलान किया है कि असिस्टेंस में मिलेगा आपको और उन्होंने एक और चीज हमें एम्बेस्टर के थ्रू ऐलान किया था वो ये था कि तुम अगर गुड बॉयज़ हो तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी माफ़ कर देंगे कौन सा तरीका है बताने के लिए कि आपको माफ़ हुआ अगर 200 मिलियन डॉलर आउट ऑफ द ब्लू मेरे असिस्टेंस में मिलता है कौन सा और तरीका है अब आप बता सकते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि वो एजेंसीज़ जिसके सरबरा आपके लिए काम करते हैं वो एक फाइंडिंग देंगे उनके इन्वेस्टिगेशन से जो उनके आ, उनके सरबरा के खिलाफ हो कभी ये हो सकता है माने फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे आप उन सब को एकदम से बाइस बनाने जा रहे हैं ये वही रवैया जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलमिया ये है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है यहाँ पे कि हर आदमी हर सियासी हर बंदा यह चाहता है कि जो उसकी मर्जी का फैसला है वो ठीक हो अगर दूसरा उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला है तो वो फैसला ही गलत है जो लोग मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि जो लोग जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं आप बना लें मैं खुद इस हक में को बनना चाहिए लेकिन आज ये भी मेरी बात लिख के रख लें कि अगर कमीशन ने भी यही फैसला दे दिया जो आज मेटी ने दिया है, तो हम यही बैठे डिस्कस करेंगे और ये यह लोग यही कह रहे होंगे कि वो कमीशन जो है वो भी अप्रोच है वो भी है कमीशन बना था मेरी गुजारिश तो सुन लेना गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि आपने इन चीजों में कितनी खराबी पैदा कर दी है आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना पड़ेगा पूरी दुनिया तो हमारी एजेंसी को मानती है कि जी आपकी एजेंसी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है मैं नहीं चाहता कि इस किस्म की बातें आगे देखें मैं, मैं समझता हूँ कि जो आप देख रहे हो पिछली जो मीटिंग हुई कमेटी की उसमें भी तीनों सबरा थे आज भी जो हुई उसमें तीनों सबरा थे अब आप इनको अदालतों में रेगेदना चाहते हैं ठीक है बहुत संजीदा बात में कर रहा हूँ प्लीज गौर कीजिए बात वो कह रहे हैं कि इस पर अदालती कमीशन बनाया जाए जब अदालती कमीशन बनाया जाएगा तो सारी इनको से पूछा जाएगा कि आपने जो पहला मीटिंग की जो आपने दूसरी मीटिंग की क्या हुआ वो कौन ये, ये क्या हो रहा है एक आदमी की ईगो क्या इतनी बड़ी है कि वो पाकिस्तान के तमाम को स्टे कर दे इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मानता अफ़वाज़े पाकिस्तान के इन फैसलों को वो नहीं मानता अब तो वो इस चीफ को भी नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता इस चीफ को फौज की चीफ को भी नहीं मानता वो क्या चाहता है मैं एक बात बता दूं और मैं फिक्रा आज मैंने कहा था अपने इदारे से कि मुझे फिक्रा चाहिए अफसोस के नहीं मिला कल गेख रशीद ने कहा कि सिविल वॉर की क्या इस्तेमाल किया आ... उसने कहा अगर आप हमें इलेक्शन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो फिर हमारी कॉल से कुछ भी हो सकता है गलियों में स्वर, स्वर, गलियों तक एक उसने कहा पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात दो ट्वीट में कही तो यार देखें आप हम चारों के चारो? खान साहब मुझे करेक्ट ये कौन है ये क्या है नहीं ये दो लोग कौन है ये ये How can they call ये, civil war ये civil war नहीं, नहीं, नहीं, होने जा रही है बुखार साहब इमरान खान वही ठीक है जो कहेगा वही सच है जो कहेगा वही ही वतन वाली जुबान है हिंदुस्तान पूरी कोशिश करेगा इसमें क्या दिवो चाहिए? आप अपने चीफ को गाली दे रहे हैं आप अपनी फौज पे इतम नहीं कर रहे हैं आप अपने अदारों पे इतना नहीं कर रहे हैं आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे इतम नहीं कर रहे हैं आपका रहा है? पीजे ठीक कह रहा है? सारी कंडीशन आप वो क्रिएट करना चाहते हैं जो ईस्ट पाकिस्तान में थी